जो नया नया मोबाइल खरीद लेते हैं जितनी इस्लाम के गुलाब बातें होंगी अपने दोस्तों को भेजेंगे और लोगों को बताओ कि नौजबलाम जल की बेद भी की है सबको शेयर करो अरे बदबको अपने ज़िम्मे गुनाह ले रे हर चीज को चलाने का कोई तरीका होता है तमीज होती है तहसीब और तमदन होता है सब भूल रहे फलस्तीन के खिलाफ यहूदी और बुरा अमरीका क्यों लगा हुआ है में टिकटॉक के स्टार पैदा नहीं होते में सारा दिन मोबाइल पर चला बैठकर गेम गेमे खेलने वाले लोग पैदा नहीं होते फलस्तीन में रंग बिरंगे अपने बाल करके सारा दिन हवा गर्दी करने वाले नौजवान पैदा नहीं होते फलस्तीन में हुए जमीन के आज भी अव्वल दर्जे के मुसलमान पैदा होते हैं जो अला तालीम हासिल करते हैं जिनका किरदार वसू जहाँ शहीद होना शहादत दे देते इसलिए पूरी दुनिया का यहूदी उनके खिलाफ लगा हुआ इक्कीस हजार लड़कियों ने हिफ किया इस रमजान में फलस्तीन में हमारे पास कुरान बनने को टाइम नहीं मिला दुआ मांगने को बेजारी है दुनिया आज अमरीका और यूदी क्यों परेशान है आप पढ़िए बीबीसी की परसों रिपोर्ट आई है कि उनको कौन सामान दे रहा है पता लगा कि फलस्तीनियों को समान को ही नहीं दे रहा सारा कुछ खुद ही बना रहे तो वक्त भी हो गया है तो मेरी अर्जी यह है कि जो लोग चाहते हैं कि फलस्तीन के लिए क्या करें पता कीजिए कि फ़िलिस्तीन की अथॉरिटी के कौन से अफसरान नई दिल्ली के अंदर कौन से खाने के अंदर हैं कौन सी बड़ी एन हमारे सूबे के अंदर हमारे मुल्क के अंदर या इस पूरे बड़े अजीम के अंदर कौन सी ऐसी एनजीओज हैं जो ईमानदारी से उनकी मदद कर रही हैं उनको बोल रहे हैं कि हम अपना एक रुपया आपको देना चाहते हैं उनको दें और जो लोग हज पे जाते हैं कोई पाबंदी नहीं है बैतुल मुकदस में जाने की सुने इतमीरान से बात मेरी बात